हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रगर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड होप यू आर डूइंग वेल एंड टेकिंग ऑल प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अमेजोन बल्क लिस्टिंग एरर फाइव तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो लिस्टिंग लिस्टिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो एरर आ रहा है फाइव पे तो अगर आप एक नए सेलर हैं और आपको इश्यूज आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो अमेजोन पे और समझ नहीं पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्या है तो उस उस रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया है जिससे आपको आप अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो आपको हेल्प मिल जाए कि ये प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे अमेजन पोर्टल पर अमेजोन पोर्टल पर जाएंगे गो टू एड प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाया अपलोड आप यहां देख सकते हो हमने अपने कुछ प्रोडक्ट अपलोड किए थे तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो अपलोड नहीं हुआ है ये कंप्लीट ड्राफ्ट में हो गया है बिकॉज यहां पे एरर शो हो रहा है और ये जो अकाउंट है वो नया अकाउंट है इसलिए और जो पैसा सबसे पहले मैं बताना कि जो एरर है फाइव सिक्स सेवन का वो एरर आपको जो शो होता है वो इसलिए शो हो रहा है बिकॉज आपके जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड नहीं है एमेज़ोन पे तो आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक ब्रांड का ट्रेडमार्क लेना होगा अगर आपके पास अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की कुछ सैंपल्स इमेजेस अमेजोन को प्रोवाइड करवाएंगे विद प्रोडक्ट टैग उस टैग पे प्रोडक्ट एमआरपी प्रोडक्ट डिटेल्स एंड आपका ब्रांड नेम होना चाहिए और उसको अच्छे से अपिक्स करके एक अपने प्रोडक्ट पर अफिक्स करके एक टेबल पे प्रोडक्ट को अच्छे से रख कर उसकी पिक्चर लेंगे फ्रंट से और उसको अमेजोन uh, पे आप सेंड करेंगे कस्टमर सपोर्ट को कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे और अपना वहाँ मेंशन करेंगे प्रोडक्ट की कैटेगरी तो वहाँ से अमेजॉन आपको ट्वेंटी फोर आवर में उसका अप्रूवल देगा कि यू नाउ यू कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी तो अभी जो है हमारे uh, इस हम जो लिस्टिंग कर रहे हैं उस वो हमारा अप्रूव नहीं है बिकॉज ऑफ ब्रांड इश्यूज़ हमारा जो ब्रांड है वो हमने अभी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कर पा रखी और हमने अभी कोई अप्रूवल भी नहीं लिया है इसलिए हमें ये प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप यहाँ से जब डाउनलोड करोगे तो ये आपका एक्सेल शीट डाउनलोड होगी यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो जो टाइप ऑफ एरर है वो फाइव डबल सिक्स फाइव है और जो एरर मैसेज है वो रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल है तो पहले हमें ब्रांड पे ही अपना काम करना पड़ेगा दो मेथड है आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा सकते हो उसके थ्रू या फिर आप अपने प्रोडक्ट को एमेजन में पिक्चर लेके कर भेज के और वहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं तो चलो मैं आपको दिखा दी कि आ, आपको अपने प्रोडक्ट का एज आ एग्जाम्पल कैसे आपको फोटो लेनी है तो ये आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसपे एक टैग मेंशन किया हुआ है ये टैग लगे हुए हैं तो ऐसे इस तरह से आपको एक टैग आपका जो ब्रांड नेम है उसकी टैगिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट पर फिर आप कस्टमर सपोर्ट को यहाँ से हेल्प में जा हेल्प में जाएंगे ब्राउज इन्वेंट्री प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंट्री में करेंगे ट्रबल एडिंग प्रोडक्ट करेंगे या फिर इन्वेंट्री अपलोड इश्यूज़ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे बैच आईडी मेंशन करेंगे ऑप्शनल है एसके भी ऑप्शनल है आप अपने अपना जो इश्यूज़ है वो यहाँ मेंशन करेंगे ईमेल मेल से सेलेक्ट करेंगे और ऐड अटैचमेंट में उस प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड करेंगे और यहाँ से सेंड करें कर देंगे विद इन ट्वेंटी आवर्स जो है वो आपका अप्रूवल मिल जाएगा तो नए सेलर्स अगर ये आपको नए सेलर्स जो भी अमेजोन पे हैं उनको ये परेशानी हो रही है तो आप अपने प्रोडक्ट uh, को लिस्ट कर सकते हो ये इशूज को फाइंड आउट करके थैंक यू फॉर शोइंग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब थैंक यू